Okay, अच्छा जी हमने लास्ट डिस्कस किया था प्रेशर तो वो ये स्लाइड थी बेटा ये आपने मखर ली होगी ये हमने कल डिस्कस किया था मैं इसकी बात कर रहा था कि लेफ्ट एंडल में पूरा प्रेशर ऊपर जाता है और पूरा नीचे आता है अब जब आर्टरीज़ की हम बात करते हैं तो प्रेशर ऊपर तो जाता है लेकिन वो ए पे आके रुक जाता है ये उसका डायस्टोलिक प्रेशर है आवाज क्लियर नहीं आ रही अच्छा अब क्या किया जाए आवाज तो बाकियों की आवाज आ रही है मेरा इधर माइक्रोफोन में तो शो हो रहा है कि आवाज़ काफी धमाकेदार है क्लियर है जिसको नहीं आ रही अपना वो वो अपना स्पीकर चेक है प्रेशर जो है 120 पीक करता है सर्कुलेशन में और डायस्टोमी आ रहा होता है और एटी के बाद दोबारा पिछली जो हार्ट की काटी साइकिल है वो मुकम्मल होकर नया ब्लड का जो फ्लो है वो आ जाता है तो फिर वो ऊपर चढ़ जाता है एटी से वन ट्वेंटी पे और ये साइकिल सारा चलता रहता है ठीक है जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे ये जो एम्पीट्यूड है इस वेव का आर्टेरियल वेव का ये कम होता रहता है यहाँ तक कि आप आरटीरियोज पे आ जाते हैं और आर के बाद ये या आरटीरियोज़ के पास पास ये ये प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है जो इसकी सिस्टोलिक और डायसोलॉजिक का डिफ्रेंस है वो कम हो चुका होता है और उसके बाद एक स्ट्रीम एक कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा होता है हालांकि इससे पहले जैसे आप देख सकते हैं पल्सटाइल फ्लो हो रहा होता है ठीक है सो पल्सटाइल और निकल काफी बात कर ली थी ये डिस्कस कर लिया है कल हम इसके आगे चलते हैं इनशाला अच्छा जी आवाज नहीं आ रही आयशा को नहीं आ रही अब हम बात करते हैं आगे चलते हैं अच्छा ये भी हमने कल कर लिया था हमने सिस्टोलिक प्रेशर किया था और डायस्टोलिक प्रेशर किया था हमने कहा था जनाव सिस्टॉलिक प्रेशर इज दीक प्रेशर ड्यूरिंग डायट डी और इसमें इसके पीछे अब ये सिस्टोलिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन के सिस्टोलिक प्रेशर ठीक है ये सिस्टोलिक प्रेशर सर्कुलेशन वाला है तो ये मेनली कंट्रोल हो रहा होता है किससे कंट्रोल हो रहा है ठीक हो है अगेन ये सर्कुलेशन इज मेनली कंट्रोल बायिक आउटपुट एंडस्टिक प्रेशर इज मेनली कंट्रोल बायर कंपाइन जो मैंने कॉमेंट्स भी देखे हैं आपको अच्छा समझ में आ गया ठीक है ओके okay. जिसको आवाज बेटे नहीं आ रही वो रीजन करें प्लीज दोबारा रीज करें ओके okay. <laughs> आज हमारा जो मुद्दा है वो है पल्स प्रेशर और मीन आर प्रेशर आज हम ये डिस्कस करके इसको हमने रैपअप करना है इस बार जनाब तो पल्स प्रेशर मैंने वाले लास्ट जाते जाते गया था मैं पल्स प्रेशर क्या होता है पल्स प्रेशर, बेटे ये है पल्स प्रेशर। ठीक है? ठीक है? और सिस्टोलिक पलस उसमें वही फैक्ट्रेसिंग है जो सिस्टोलिक को इंडिविजुअली इफेक्ट करेगा सिस्टोलिक को, को हमने अभी बात की है कि कार्डिक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम एक ही बात है वो इफेक्ट करेगा और ये मैंने एक ही बात है किसी वजह से कहा का कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम एक ही बात है ये अब आपको समझ में आ जानी चाहिए जब मैं ये सारी बातें करता हूं ठीक है कार्डिक आउटपुट टाइम के लिहाज से होता है स्ट्रोक वॉल्यूम भीट के लिहाज से होता है बात सेम है सिर्फ यूनिट्स पर है ठीक है और आर्टिकल कंप्लाइंस अफेक्ट होता है अफेक्ट करता है ड्रांसटॉल प्रेशर पर ठीक है इसको आप रहने दें आ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा जनाब इसके बारे में थोड़ी सी क्लरिफिकेशन जरूरी है जो है आ, मीन आर्टिकल प्रेशर तो बेटा जी ये मीन नहीं है इसका सिर्फ नाम मीन है ये हाथी के दांत है ये खाने के नहीं है ठीक है ये बात मैं इधर एक काटा भी लगा दूं ताकि आपको समझ आ जाए ये मीन नहीं है इसको सिर्फ मीन आर्टिकल प्रेशर बस कहते हैं चाहे जो मैं बाकी कर रही थी निकले ये mean, mean नहीं ये आ, ये मीन मीन नहीं अरिथमेटिक है है है ठीक बुनियादी तौर पर एक एवरेज किन प्रेशर्स उन प्रेशर्स की की उन जो आपने मिनी सेकंड बाय मनी सेकंड रिकॉर्ड किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक है सो so आपने क्या किया आप एक आर्टिक को पकड़ के बैठ गए उस पर फोकस करके बैठ गए ठीक है आपके हाथ में Uh, एक स्टॉप वॉच है जो आपको बता रही है कि टाइम कितना गुजर रहा है और दूसरे हाथ में आपके पास ब्लड प्रेशर मेजरिंग कोई डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को बकायदा डायरेक्टली आपने अंदर इंसर्ट uh, किया हुआ है उस आर्टरी के अंदर और उसके एज पे uh, वो है uh, क्या कहते हैं प्रेशर सेंसिंग मैकेनिज्म है ठीक है तो अब एक हाथ में आपने ऑन कर दिया अब आपको मिली गुजर रहे हैं आपको पता लग रहा है भाई ये टाइम गुजर रहा है और साथ ही वो जो डिवाइस है ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस वो आपको बता रही है कि प्रेशर इस वक्त ब्लड प्रेशर क्या है इस आर्टरी में ठीक है इस वक्त कितना है नेक्स्ट कितना है तीसरे मिली सेकेंड कितना है चौथे मिली सेकेंड कितना है यानी वो आपने एक टाइम के लिहाज से मेजरमेंट लेनी है ब्लड प्रेशर की ठीक है अब आपके जहन में शायद ये कॉन्सेप्ट हो कि भाई ब्लड प्रेशर तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए चाहे किसी भी मिली सेकेंड ले लें तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं होता ब्लड uh, प्रेशर uh, थोड़ा बहुत वेरी करता है बीट टू बीट भी वेरी करता है कुछ पॉस्टर से इफेक्ट करता है वगैरह होता तो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होता <coughs> अच्छा ये कोई अंदलीफ को बता दो कि बेटा ये उसके मसला उसके एंड पे ही है तो ये फिर रिकॉर्डेड वो सुन ले ठीक है? अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि एवरेज जो इस सारे एक्सपेरिमेंट की जो एवरेज निकलेगी उसको हम कहेंगे मीन आर्टीरियल प्रेशर ठीक है और उस मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेजर करने का एक फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए वो क्या है वो है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस वन थर्ड ऑफ पल्स प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर प्लस वन थर्ड ऑफ पल्स प्रेशर ठीक है पल्स प्रेशर क्या होता है अभी हमने किया पल्स प्रेशर क्या होता है सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ठीक है तो वो जो वैल्यू है वो कितना ले जमा करेंगे pressure, है? Again, remember, है? ना? इसकी कोई खास एप्लीकेशन आपके इम्ते में नहीं आएगी बस ये पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है पल्स uh, प्रेशर क्या होता है और मीन आरटी प्रेशर क्या होता है ठीक है यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि आपको ये मेरी आवाज भी है क्लियर और आपको समझ भी आ रही है ओके। अब छोटे से ये कुछ सिनारी हैं वो मैं जल्दी से देख लेते हैं उसको अगेन uh, ये uh, मेरा नहीं कहा सच आप लोगों को आएंगे एग्जाम में लेकिन चलो एक एप्लीकेशन है एक कॉन्सेप्ट की जो आपने अभी पढ़ाया उसको देख लेते हैं एथरोस्क्लेरोसिस आप जानते हैं कि क्या होता है मुझे पता है कि यू नो दिस राइट इट्स द हर, हर इंसान में ये प्रोसेस होता है ये शुरू होता है आपकी बचपन से शुरू हो जाता है लेकिन उससे बहुत स्लो होता है प्रोसेस टीन में भी काफी स्लो होता है लेकिन जैसे आप ट्वेंटी है तो आप और थर्टीज में ये तेज़ हो जाता है फोर्टीज में यह और भी तेज हो जाता है आ, मर्दों में ये ज्यादा तेज होता है खुवान में ये कम तेज होता है इसका इफेक्ट डाइट से होता है स्मोकिंग से होता है वगैरह होता है जितनी ज्यादा फैटी डाइट खाएंगे उतनी ज्यादा ये प्रोसेस तेज होगा स्मोकिंग से भी तो ये प्रोसेस तेज होता है ठीक हैली ये हार्डनिंग ऑफ द आर्ट्रीज है ना अब इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर से क्या है अब हार्डनिंग ऑफ द आर्ट्रीज मेरा ख्याल है अभी तक काफी डिस्कशन हो चुकी है वो यूट्यूब पे भी हुई थी कि ये सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देता है ठीक है और ये डायस्टोलिक प्रेशर को कम कर देता है जिसकी वजह से पल्स प्रेशर काफी हद तक चेंज हो जाता है सप्रैक्शन प्रेशर एंड डायस्टॉलिक प्रेशर तो अगर सिस्टॉलिक प्रेशर बढ़ है सिस्टोलिक बढ़ रहा है डायोस्टॉलिक uh, कम हो रहा है तो जाहिर है पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होता तो अगर आप किसी बड़ी उम्र के आदमी का पल्स प्रेशर दे रहे होंगे तो उस उनका ब्लड प्रेशर एक यंग आदमी की मन पर ज्यादा आएगा ओके यहां तक ठीक है यहां पर ठीक है बच्चों गुड गुड मीन आर प्रेशर हाउे एलोरसल में ज्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि सिस्टॉल वही बात है कि अगर आपने उसका फॉर्मूला याद रखा हुआ है जो कि ये था ये इसका फॉर्मूला था कि डायस्ट्रोल प्रेशर और वन बटा वन बटा थ्री और पल्स प्रेशर तो मीन आर्टिल प्रेशर का फॉर्मूला ये आपको बता रहा है कि ज्यादा जो हार्ट है वो डायस्टली में या डायस्टोलिक में जो प्रेशर है वो उसको अफेक्ट करता है ठीक है तो वो कम हो रहा है और सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है तो वो एक दूसरे को ना कैंसल आउट कर देते हैं ठीक है इसलिए मीन आर्टिल प्रेशर था था चेंज नहीं होता अगेन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपसे पूछा जाएगा लेकिन बहर एक्स्ट्रा पढ़ने का फायदा ही होता है नुकसान नहीं होता दूसरा एक्सरसाइज देख लेते हैं एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपका हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होता है ठीक है ये क्यों बढ़े हुए होते हैं आना चाहिए एक्सरसाइज में ये दो चीजें क्यों बढ़ी हुई होती है चले बताए इसकी क्या वजह होगी दोस्तों नो कपड़े का आउटपुट इंक्रीज हो जाती है क्यों वजह मसल्स नीड मोर सप्लाई तो ये बजा हार्ट को कौन बताएगा बीपी इंक्रीज नो ये बीपी इंक्रीज करने वाली खातून है मरियम बेटे ये इधर देखो जरा ये देखो ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है बीपी इंक्रीज नहीं होता मॉडरेट टू माइंड एक्सरसाइज में आज आपने नई बात पढ़ी ये कौन बताएगा अपना मसल एक्टिविटी बेटे सारे क्यों कह रहे हैं मसल एक्टिविटी ऑक्सीजन गैस हाँ बिल्कुल सही ये बातें सारी बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन ये बात हार्ट को कैसे मसल खुद आता है हार्ट के पास उसको कहता है चल भाई उठ जल्दी कर नहीं कोई और शय होती है ना बीच में हार्ट हार्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है ये तो हम कह रहे हैं हम वजह पूछ रहे हैं उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट हार्टेट इंक्रीज होने की वजह क्या है कौन इसको एक्टिवेट करता है चलो तो बता दो एक्टिवेशन का वर्ड भी आ गया एजेंट कौन है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है मनाए कंपेथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करता है हार्ट को स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है हार्ट रेट बढ़ता है तो कहते हैं उसके नतीजे तन कार्डिक आउटपुट बढ़ गया क्योंकि कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा होता है हार्ट रेट पर डिपेंड कर रहा होता है ठीक है तो एक्सरसाइज में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से मैं लिख भी देता हूं एस एन एस एस एन एस सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है जिसकी वजह से कार्डेक आउटपुट काफी बढ़ जाता है मतलब कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है उसकी वजह से ठीक है ये बात तो तय हो गई तो अब आप कहेंगे कि जी अगर कार्डे आउटपुट बढ़ रहा है तो फिर तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए बात सही है ना क्योंकि हमने क्या कहा था आर्टीरियल ये किसको याद है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश ये किसको याद है इन दो चीजों पे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर किन दो चीजों का वो है मजमुआ है चाहिए शाहबा शाइफान वेलकम वेरी गुड सर एक्सलेंट कार्डियक आउटपुट वेरी वेरी वेरी गुड गुड गुड एंड शुक्र बच्चों बच्चों ने करा टीम एक्सपेक्ट नहीं करा था वैसे. टीपी ठीक है ये ये की तरह से लिख रहा हूं। ये माउस से लिख रहा हूं मेरे पास पेन नहीं है बहुत मुश्किल से लिखा जाता है तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इस पे गुड कार्डिक आउटपुट पे और टोटल तो डिपेंड कर रहा होता है अगर आप कार्डिक आउटपुट बढ़ाएंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे तो भी आरटीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा अगर आप कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएंगे और टीपीआर को भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये मजा आ से जवाब आ जाइए अगर मैंने इसको भी बढ़ा दिया बढ़ा दिया तो क्या होगा इसको क्या होगा आउटपुट अपना सॉरी प्रेशर बढ़ेगा जाहिर है बड़ दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा अब यहां पर बात क्लियर हुई अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं अंदर ही न मिटा सकते चलो कह रहे को मेरी बात अब मैं इसको इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करता हूं इसको भी डिक्रीज कर देता हूं सॉरी मैंने सॉरी बेटे मैंने इसको नहीं डिक्रीज करना था ये गलती हो गई और ये यह नहीं हो रहा मेरे से इसको मैं इंक्रीज करता हूं और इसको मैं डिक्रीज कर हूं ठीक है कार्डिक आउटपुट इंक्रीज किया टीपीआर डिक्रीज किया अब क्या होगा ये सोच के बता ना और करके रिमेन्स सेम शाबाश ना बेटा ना हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो गया मारिया सेम होगा बेटे एक चीज बढ़ रही है ये तो मैथमेटिक्स की बात है ना आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं है जी इसको बेटे आपने बढ़ा दिया और इसको आपने कम कर दिया तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम रहेगा और ब्लड प्रेशर सेम होगा ठीक है वेरी गुड नाउ इधर क्या हो रहा है एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में अभी हमने कहा कि जी कार्डे आउटपुट तो बढ़ गया इसको मैं मिटा देता हूं पहले क्लियर हो गया ठीक है हमने कहा का गया ये ये हमें समझ आ गया ने गया सिस्टम एक्टिवेट हो एक ही बात है ये जिस हिसाब से मैंने लिया है वो है वो uh, को SVR कहता ठीक so, समझे टी पी ये ये ये ये क्यों डिक्रीज हो रहा ये कौन है? है है है? कौन तो कोई मजा आ बता दे ये वैसे मुश्किल नहीं, हो। ये नहीं आगे। आगे। भी है। मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ हाँ एक्सरसाइज में क्यों डिक्रीज हो जाता है मजा ये वैसे मैंने जहां तक मुझे याद है मैंने ये बताई भी है बात एक फ्लो में ना एक लेक्चर के दौरान नाइलेट ना, करती, आर्टी, करती है लेकिन करती है? ये है, क्या है आर्ट्रीज करती है आर्टीपीओल्स करते हैं टीपीआर किसकी वजह से होता है आरटीओल्स की वजह से आर्ट्रीज की वजह से आर्टी की वजह से ठीक है अब अगर आरटीओल अगर आरटील जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो टीपीआर ऊपर जाएगा अगर आरटीओल डायलेट करेगा तो टीपीआर नीचे आएगा इसमें क्या हो इस रहा है एक्सरसाइज में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था वो पहले पांच जो रहन असूल से सर्कुलेशन के तो वहां मैंने एक जिक्र किया था आपसे कि जिस टिश्यू को ज्यादा जरूरत होती है ब्लड की वो क्या करता है अब तो बता दो पैरल अरेजमेंट याद है ना पैरेलल एंड सीरीज वाली जो बात हम कर रहे थे वाली उसमें पैरेलल पैरेलल अरेंजमेंट का एक फायदा ये होता है कि अगर किसी एक इशू को चाहिए हो ज्यादा ब्लड सप्लाई तो वो क्या करेगा क्या कर सकता है उसके पास एक ऑप्शन है हेलो बच्चों आवाज आ रही है मेरी आप तो अच्छा जवाब नहीं आ रहा आवाज आ रही है जवाब नहीं आ रहा चेंज कोमल वैल्यू वो अपने बिल्कुल फीडिंग वेसल का डायमीटर चेंज करके वो अपनी ब्लड सप्लाई बढ़ाने की ऑप्शन उसके पास होती है तो स्केलेटन मसल जो है स्केलेटन मसल जब इंक्रीज उसकी ब्लड फ्लो होगी तो क्या कर सकता है वो वो अपने करेगा कि भाई मुझे तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा दो ना मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूं करते हैं तो आप पता है में आप इतना, इतने ज्यादा पट्टे हैं आपके वो सारे स्केलेटल मसल सारे के सारे एक्सरसाइज में चले जाएंगे तो वो आप गिन लो कितना आर्टीरियोल उनके होंगे येस? जब वो सारे डायलेट होंगे तो ये जो बेचारा टीपीआर है टोटल पेरीफ्रूट रेजिस्टेंस ये ज्यादातर मुश्तमिल है, है तो अगर वो सारे डायलेट कर जाएंगे तो ये टीपीआर बेचारा नीचे आ जाएगा ये कम हो जाएगा क्योंकि इसने सप्लाई ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करना है स्केलेटल मसल को ठीक है उसका पूरा नतीजा क्या निकलेगा ये टीपीआर नीचे आ जाएगा कार्डिक आउटपुट ऊपर चला जाएगा नतीजा ब्लड प्रेशर रेलिटिव रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन रहेगा, ये बात समझ आई मैं वेट कर रहा हूं बाकी जो बच्चे सो गए हैं, उनको भी जगाया जाए नए okay. नए नाम चाहिए इसमें ये प्राणे -प्राणे नाम है वो बच्चे दुवारा -दुवारा चलो चलो ठीक है ये कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा आर्टेरियल जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है अच्छा ये जो है ना बाय द वे ये ये देखो लिखा हुआ हुआ है है however, है है मीन आर्टेरियल प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट रहता पल्स इंक्रीज होता इसके नीचे जवाब जवाब भी दिया कोई मुझे एक्सप्लेन कर प्रेशर क्यों इंक्रीज करता कर गया ओके okay, गुड सही है सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट जो है वो ज्यादा बीट कर रहा है ठीक है डायस्टोलिक ऑन एक्सपेंड करेगा वो बाकायदा कह रहे हैं जहावे अली डायसोरिक डिक्रीज करता है इसकी थोड़ी सी इस कॉम्प्लीकेटेड रीजन है चलो एक तो यह ब्लड ना ज्यादा देर ठहर नहीं पाता आर्टरीज में वो जल्दी से रन ऑफ़ कर जाता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है ठीक है और दूसरा ये टीपीआर डिक्रीज भी होती है इसकी वजह से भी ज्यादा रुक नहीं पाता ज्यादा प्रेशर डेवेलप के दौरान नहीं हो पाता अच्छा बच्चों अब टेन मिनट रह गए हमारे फोर्टी मिनट जो लिमिट है ना उस पर तो मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट करूंगा जब ये ऑफ हो जाएगा तो तुम लोगों को ज्वाइन कर लेना बात ऑलराइट right. अब ये बात हो गई आगे चलते हैं हो गया ठीक है ये खत्म हो गया अब हम नेक्स्ट जो मैंने आपको वो जो दो नहीं मैंने वीडियोस भेजी थी आज हम उसका रिकैक्ट Excuse me, आज उसका करेंगे। ठीक है है थी इसमें इसमें वो मैं लिखना हाँ ये लिखा Vains, इसमें है know, है। ये है ये ऊपर तीन चीजें हैं तक जो टाइम लिमिट चालीस मिनट होती है उसने दस मिनट बाद ना इसको डिसकनेक्ट करना है और उसके बाद मैं दोबारा रिकनेक्ट करूंगा तो आप लोगों को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे साथ यहां पर ठीक है और बैटर ओके तो इसमें हम ये बात करेंगे अल्लाह तो को करें। ये वेन्स और सीवी की बात करेंगे सीवीपी की कुछ माइक्रो सर्कुलेशन की बात करेंगे ये फाइटिंग सिस्टम आप लोगों ने खुद पढ़ लेना ठीक है वो सिंपल है हडीमा शडीमो को सवाल हो तो फिर मुझे भेज ठीक है थीके? अब वेंस की बात कर लेते हैं ठीक है वेन्स आपको पता है क्या होती हैं ठीक है वेन्स क्या होती हैं रिजर्वोयर फंक्शन है सिक्सटी परसेंट ब्लड जो है वो वेन्स में रहता है नॉर्मल एट रेस्ट जो इंडिविजुअल होता है उसमें सिक्सटी परसेंट ब्लड जो है वो वेन्स में ही रहता है ठीक है वो सर्कुलेशन में उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती ठीक है आ, एक कुछ स्पेसिफिक रिजर्वय होते हैं स्पीन लिवर कुछ स्किन में लंग और हार्ट खुद में जो ब्लड रह जाता है तो वेन्स के अलावा कुछ और ये वाले ऑर्गन भी फंक्शन करते हैं आ, गा, गा, गा, गा, गा गा, गा करते हैं ठीक है ये ये बात बात एक छोटी सी हो गई अब ये वो बात है जो एक बच्चे ने मुझसे पहले भी पूछी थी के जी मैंने सवाल भी किया था कि जी ये बताएं कि वेन को नीचे से ऊपर लाना में क्या क्या फिर जत्न करने पड़ते हैं वो इतना आसान काम नहीं है ठीक है यहाँ पे आज हमको डिस्कस करें तो अब आप ये देखोग के ब्लड यहाँ पे मिसाल के तौर पर आया है ठीक है अब इसको आपने वापस ऊपर लेके जाना है हार्ट में जो ब्लड इधर आया हुआ है वो तो चुप करके ग्रेविटी को फॉलो करेगा वो हार्ट में जाएगा उसको उसका इतना रौला नहीं है अपर लिम का भी बहुत ज्यादा रौला नहीं है बिकॉज अपर लिम का भी अगर हैंड भी है अगर हैंड नीचे भी ढटका हुआ है तो डिस्टेंस कम है ना डिस्टेंस कम है वो आराम से रेलेटिव आसानी से आया मसलर लिम का होता है लोअर लिम में भी फुट का होता है यहां से अगर आप ब्लड किसी ऊपर चढ़ा दें तो बल्ले बल्ले हो जाए अब वो कैसे होती है अब उसमें तीन चीजें एक चीज ये दूसरी चीज ये है। वैल्स। बैल्स वैल्स क्या होते हैं तो वैल्स बेटा जी ये होते हैं पहले शायद किया था वैल्स का कि ये देखो ये बैल लगा हुआ ये।, ये बैल लगा हुआ है ये बैल लगा हुआ है ये लगा रहा। तो जो ये लोअर लिम्स है ठीक तो है जिनका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होता है हार्ट की तरफ होता है अब अगर उनमें ब्लड फ्लो देखो ऐसे करेगा ऐसे करेगा इस तरह से करेगा ठीक है अब वो जब इनको खोलेगा तो ब्लड पर निधर आ जाएगा और ओपर फ्लो करना शुरू कर देगा अगर इसने शरारत की और इसने वापस आने की कोशिश की अगर इसने वापस आने की कोशिश की तो ये जो वैल्व है ये जो है, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है जैसे ये बैक फ्लो होगा ये वैल्व को बंद कर देगा बैक फ्लो इस वेल्व को बंद कर देगा हाँ जी तो बैक फ्लो को यह नहीं होने देती ये क्या करेगा बुनियादी तौर पर ही ये करता है कि ये इस कंपार्टमेंट के ब्लड को जब वो इस कंपार्टमेंट में यह निकाल के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आ जाता है तो वो उसमें फंसा देता है इसको। वो उसको वापस नहीं जाने देता ठीक है इस तरह से सेगमेंट बाय सेगमेंट सेगमेंट बाय सेगमेंट जनाब आली आपका ब्लड ऊपर चढ़ता है मारेगा तो नहीं मारूंगा मैं जो तुम नंबर कमाएंगे ठीक है तो ये सेगमेंट बाय सेगमेंट आप ऊपर फंसता चला जाता है और इस तरह से इसको लोअर लिम्स से ऊपर चढ़ाया जाता है एक बात हो गई दूसरी बात आ, अपर लिम में भी अपर लिम में बैठे ज्यादा इतना डिस्टेंस कम होता है देखो ना यहाँ से और अपर लिम मूव भी बैर करेगी और दूसरा पॉइंट में बताता हूं ना क्या होता है सिर्फ बैल नहीं होता जो यहाँ पे सम्भ मैंने मिस हो गया मुझसे दूसरा है मसल कॉन्ट्रेक्शन मसल कॉन्ट्रेक्शन अच्छा नहीं पैर ये देखो ना ये करो ये ये ये ये ये क्या होती है? होती हैं? हैं हैं हैं हैं। जब जब जो जो होते ना कुछ लोगों में वजन ज़्यादा उठाते हैं या कोई और हो ये हो जाते हैं। जब ये हो उनमें ख़राब ख़राब जाते जाते तो उन, उनको देखा जाता है कि उनके अगर आप इस बीमारी को बैरिकोज कहते हैं पर ये कब होती है? जब बेन के बैल्स जो है खराब हो जाते हैं और उनमें ब्लड जो है वो कूल करना शुरू हो जाता है और किन किन एरिया से गुजर रही है और उनके साथ साथ क्या क्या है अब ये क्या है ये मसल है ये भी मसल है ये हर जगह मसल है ना मसल्स के दरम्यान में वेन को प्रयोग गया है वेन जो है वो तो वो वो वो मसल्स के में से होती होती भी जा है। है हैं। जब जो हैं वो हैं बटे जब जो जो खराब हो जाते अपना काम करना छोड़ देते हैं और ऊपर नहीं जा पाता, उधर ही इकट्ठा होता रहता है उसी बेन के अंदर ठीक है थीके? इस चीज को कहते हैं वेरेकोज और इसका देखने का तरीका ये है कि जब आप लिफ्ट करते हैं गार्मेंट उसकी पेशेंट की उसके लोअर लिम से तो सामने नजर आता है आपको ढेर सारी बेन्स आपको बड़ी ऊपर नुमाया आपको आती आप गूगल कर ले, लेको ले नहीं मिलेगा ठीक है अच्छा जी मैं मसल्स की बात कर रहा था तो मसल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन वेन्स को प्रेस करते हैं जब इन बेन्स को प्रेस करते हैं तो इसमें भी हेल्प मिलती है दब दबेगी तो वो ब्लड पुश होगा ब्लड जब पुश होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो अगर ठीक है उसके बाद आप क्या चीज होती है ना एबडोमिन में क्या शेयर होती है abdomen में होता है एब्डोमिनल एब्डोमिनल बैठे क्या होता होता है? है। एब्डोमिनल में क्या क्या होता है होती हैं, स्टमक होता है मुख्तलिफ चीजें है? होती हैं है. तो है ना और ओमेंटम होती है फैट होती है ये सारी चीजें अच्छा खासा वजन होता है एबडोम uh, uh, तो ये न और आपको पता है कि जो ग्रेट वेसल्स होते हैं जो इन्फीरियर वीना केवा होती है वो पोस्टीरियरली रन कर रही होती है यस yes? वो विसरा के पीछे होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ साथ ऊपर जा रही होती है। ये पता है या नहीं पता एन एटी थोड़ी सी की है? ठीक है ना ये है जनाब यादी आपकी इन्फीरियर वीना केवा ये ये आगे नहीं पड़ी होती ये आपकी पुष्ट तो पड़ी होती है बैक, ये बैक, पोस्टीरियर डॉक्टर मॉल पड़ी होती है उसके आगे सारे विसरा कटे हुए होते हैं वो बिस्रा जो है ना वो इसको पुश करते रहते हैं उसको दबाते रहते हैं उससे भी यही इफेक्ट होता है जो मसल्स करते हैं ना ब्रेन के ऊपर करते हैं वही इन्फीरियर बेना केवा पे असर करता है ये जो बिसरा पड़े होते हैं ये उसको पंच करते पंच नहीं मतलब कंप्रेस करते रहते हैं उसको दबाते रहते हैं इसके से वो ब्लड ऊपर की तरफ पुश होता रहता है ठीक है उसके बाद जनाबे अभी आप ये देखें कि उसने के का भी जिक्र किया के में थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो लंग्स हैं ये का ये अब का का क्या है जब आप इंस्परेशन करते हैं जब सांस अंदर लेते हैं तो थॉरेक्स की कैविटी का जो अपना इंटरनल प्रेशर है या आप एक्सपिर पढ़ेंगे वो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा आता जवाब जब सांस आप खींचते हैं अंदर, तो बात हो रही की मैं आपसे जिक्र था कि जब आप इंस्पायर करते हैं, हाँ, वो बात बात बच्चे ने बात की थी, जब आप बेटा याद रखना डिटेल में पढ़ोगे। जब आप इंस्पायर करते हो तो थोरक्स में ना वैक्यूम बनता है जिसकी वजह से माउथ से अंदर की तरफ करती है। तो याद रखना चाह रहे होते हैं तो के अंदर जो प्रेशर है वो पॉजिटिव हो जाता है वो बढ़ जाता है ठीक है तो अब आप अंदाजा करें कि आप जब रेस्परेशन कर रहे होते हैं तो थॉरक्स एक तरह का पंप बन जाता है के उसका प्रेशर इंस्पिरेशन के दौरान उसका प्रेशर आ, आ, अंदर सेक्शन प्रेशर है तो वो नेगेटिव हो जाता है वो कम हो जाता है और एक्सप्रेशन के दौरान उसका प्रेशर अप हो जाता है इसकी वजह से जो तो मैंने ये बता दिया है इसकी वजह से इसको लव्स को पंप यूज करते हैं तो आप सोचो कि जब जो वेन अंदर से इंफीरियर वेना के गुजर रही है आखिरी स्टेशन आ गया है थॉरेक्स का तो अब में जब अराइव करती है तो उसमें उसको कुछ इस तरह का माहौल मिलता है कि कभी प्रेशर घटता है कभी बढ़ता है तो एक पंप भी बन गया ना वो हैंडल का पंप नहीं होता जिसे पानी आप ऊपर खींचते हैं पहले आप सक्शन प्रोड्यूस करते हैं फिर आपको दबाते हैं तो वो पानी ऊपर आ जाता है ट्यूब बेल से बिल्कुल उसी तरह का एक माहौल बना हुआ था फॉरेस्ट में तो पानी को ब्लड जो अब यहां तक पहुँच गया है उसको इवेंचुअली आखिरी दीवार को धक्का हुआ जो है मुहावरा गिरतीवार को वो आखिरी जो पुष है वो ऑरिक्स का पंप देता है और वो राइट एट्रियम में ब्लड है है है ठीक ये जनाब स्टोरी इफेक्ट ऑफ़ ग्रेविटी की इसको पंप्स कहते हैं इस और इसको वीनस रिटर्न भी आ, क, आप उसको नाम दे सकते हैं कि ये वीनस रिटर्न ठीक है ठीक रिटर्न हम ये जिक्र करेंगे इन जब हम बात करेंगे उसकी डॉटिक आउटपुट को जब हम डिफाइन करेंगे फॉर्मली तो हम बीनस रिटर्न का वहाँ पे भी जिक्र करेंगे लेकिन बैल इस वक्त ये ये, ये काफ़ी है कि बीनस रिटर्न के जो भी फैक्टर्स हैं जो फेसिलिटेट करते हैं बीनस रिटर्न को या ब्लड को इन जगहों से हार्ट तक आने के लिए वो बेसिकली ये तीन है बीनस वेल्ब एबडामिनल पम्प और एक्स का पम्प ठीक है कुछ किताबों में इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिला के थुरैको एबडोमिनल पम्प भी लिखा जाता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है इन दोनों को मिला के भी लिखा जा सकता है थ्रैको एबडोमिनल पम्प ठीक है यहां तक बात हो गई तो नेक्स्ट चलते हैं सीबीपी uh, सी बी पी बुनियादी तौर पर वेरी सिंपल इस ये इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सीवीपी स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रेशर ये सेंट्रल प्रेशर दरअसल राइट एल प्रेशर को कहते हैं ठीक है थीके? और इसकी वैल्यू 100 जीरो के अराउंड होनी चाहिए इसकी वैल्यू बढ़ने नहीं चाहिए इसकी वैल्यू कम ही रहनी चाहिए ये वो इंश्योर है right है। है। है। करते हैं, और की को करते हैं वो करते है कि सीवीपी कम ही रहे यानी वो प्रेशर जो एक ऐसे चेंबर के अंदर है जिसने मेहमानों को वेलकम करना है ब्लड को नीचे से आने में जब इतनी मुश्किल से ऊपर आ जाता है तो वेलकम करना है उस प्रेशर को बढ़ा के आपने क्या करना है? उस को आपने कम ही रखना है ठीक है याद ठीक है भाई रखल बेटे जब मैंने कोरोनेट किया था तो मैंने एक्सप्लेन भी किया होना है अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था उसमें तो मैं एक फ्रेश ही बोलता हूँ तो मुझे बाद में याद नहीं रहता कि क्या क्या बातें हुई हिंदी मैंने एग्जाम्पल्स करके दी थी लेकिन ट्राए कस पर ड्राइल की बात यही है अब आप खुद इमेजिन करो देखो मैं शेयर भी है बनाना पड़ेगा अब ये अगर क्या है बोला राइट ए टी और ये राइट नेट कलर ठीक है।, है तो आप ये देखें क्या करें हिंदू बनाएं जनाबे अली आपका है मतलब ये वो जगह है जहां से, से ब्लड इधर आएगा ऐसा ही है अब अगर इसकी स्टेनोसिस हो जाती है ये अगर जरा मोटा मोटा हो जाता है इसमें जरा प्रॉब्लम हो क्या होगा ब्लड की जो तरसील है फ्रॉम एट्रिया टू राइट एट्रियाम टू राइट एंट्रिकल कम हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी yes, शाबाश। जब कम हो जाएगी तो ब्लड यहां पे यहां पे ट्रैप होना शुरू हो जाएगा यस? जब यहाँ पे ट्रैप होना शुरू हो जाएगा तो इस प्रेशर में क्या होगा ये बढ़ जाएगा यस? यस? जब ये बढ़ जाएगा तो आपने वेलकमिंग तो फिर ना ना की आप तो अब मैंने तो आपसे कहा था कि जीरो के आसपास से रखना लेकिन अगर ट्राइक स्पेट को अगर आपने छेड़ दिया तो उसको मुसीबत कर दिया आपने राइट वेंट्रिकल कोई भी प्रॉब्लम हो गई चाहे इस बैल का मसला हो या वेंट्रिकल का मसला हो या इवन पलरी आर्टरी का मसला हो या इवन लंग्स का मसला हो जो भी चीज राइट वेंट्रिकल के वॉल्यूम के साथ छेड़फानी करेगी वो राइट एट्रियम के वेंट्रिकल के वॉल्यूम के साथ भी छेड़फानी करेगी इसके साथ अगर आपने छेड़फानी कर दी तो फिर बड़ा लंबा खाता खुल जाएगा क्योंकि क्योंकि हमने इसको जीरो के आसपास रखना था क्योंकि हमने वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा का जो ब्लड है कीमती ब्लड वो हमने पर करना था ठीक है ना अच्छा बस चार मिनट रह गए ठीक है मैं मैं इसको अवॉइडअप मैं करता हूँ तो सी को हमने मिनिमम पे रखना है ठीक है और बाकी बेटे देख लेना मुझे सवाल कर लेना हम देख लेते हैं माइक्रो सर्कुलेशन खुद ही पढ़ लेना यह ज्यादातर अनेटवी है ये भी खुद ही पढ़ लेना यह सेल्फ एक्सप्ल है Forces को मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है बेटे अगर इसका कोई सवाल है तो मुझसे कर लेना मैं सिर्फ ये समझा दू कि ये जो स्लाइड मैं इस आपको शो कर रहा हूँ ये सिंगल कपिलरी की है ये एक कपिलरी की है सिर्फ समझाने के लिए है इम्तिहान में आपको बेसिकली ये स्लाइड आएगी ये आ सकती है ठीक तो है तो इसके जो प्रेशर्स है ना वो याद होने चाहिए ये वाले प्रेशर याद होने चाहिए ये वाली इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए ठीक है तो मुझे इसको इस तरह से माफ करना चाहिए ये, ये पता होना चाहिए। ये पता पता होना होना चाहिए, चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए, ठीक है? और, हाँ जी बेटे मैं कर दूंगा आप इसकी फिक्र ना किया करो मैं मैं इसको कर देता हूं तो ये सारे कोर्स एक अच्छा क्वेश्चन है ये ये आ जाता इम्तहान में तो इसका इसका यही है कि जी फ्लूड जो मूव आउट कर रहा है उसकी मीन जो प्रेशर है वो 28.3 एट पॉइंट थ्री है जो इनवर्ड है, है तो ट्वेंटी करते हैं तो .3 आ जाता है। ये सारी डिस्कशन मैंने अच्छी तरह रग, रग, रगड़ाए रगाई है कराया ठीक है ये देख देना अडीमा वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्वर्ड चीज आपने सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है बेटे और उसके नीचे सब एडिक्स पढ़नी है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एडिमा अगर कोई भी चीज अगर आप स्टारलिंग फोर्स की कोई भी चीज छेड़ते हो ना तो उससे एडिमा कॉज हो सकता है ठीक है बस इतनी सी बात ज्यादातर है और वो मेरा वो मेरा इशू नहीं है वो ये मेरे लिए तो सिर्फिक्स की ये स्लाइड काफी है सो so, समरी ये है बेटे ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स है उनको कवर कर लेना मैं ये वाला जो लेक्चर रिकॉर्ड करके अब मैं डालने लगा हूँ ये कवर कर लेना और माइंड यू ये दोनों जो है आज के लेक्चर ये मैं मिला के एक ही वीडियो बनाऊंगा और एक वीडियो आज अपलोड हो जाए ठीक है चलो अटेंडेंस फटाफट लगा लो और फिर हाफिज़ एक मिनट रह गया एक मिनट काफी है अटेंडेंस जल्दी रोल नंबर यहाँ बता दो तो फिक्स या नोट कर दहरी मैं बस बंद कर दूँ